धुन क्या बिगड़ी जिंदगी की खुद को बांसुरी तो हमें बाजा समझने लगे अजी तालमेल क्या डकमगाया जिंदगी का खुद को बांसुरी तो हमें बाजा समझने लगे। हमने अपना ताज मरम्मत के लिए क्या भेजा? कुछ बिखारी खुद को राजा समझने लगे निशाना जिस पर था उसी पर था तर्कस खाली देख विचार नहीं बदला निशाना जिस पर था उसी पर था तरकस खाली देख विचार नहीं बदला जान चली जाए तो चली जाए जान जोखिम में देख शिकार नहीं बदला और हमें मोहब्बत के कानून बताते हैं ये मतलब के सिपाही हमने खुद को जरूर बदला मगर यार नहीं बदला